Guys, sir, आपने मंदिरों में जाते हुए भक्तों को मंदिर के द्वार पर लगे घंटे को बजाते हुए देखा होगा जो पौराणिक तौर पर भगवान का अभिवादन करने का एक तरीका भी माना जाता है लेकिन क्या आपको इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन पता है नहीं ना चलिए आज मैं आपको बताता हूँ दरअसल मंदिर का घंटा जिस मेटल से बना होता है उसमें फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कॉपर जिंक और निकल होते हैं जिससे निकलने वाला साउंड फ्रिक्वेंसी सेवन सेकेंड तक एनवायरनमेंट में ट्रेवल करता है और हमारे राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन को एक साथ अलाइन करने में मदद करता है अब इन सेवन सेकेंड में हमारा दिमाग एक ट्रांस स्टेट यानी कि न्यूट्रल स्टेट में चला जाता है जहां हमारे दिमाग में अन्य कोई विचार नहीं आते और इस तरह से हमारे और भगवान के बीच का एनर्जी का ट्रांसमिशन इफेक्टिवली हो पाता है और वो भी बिना किसी डिस्टर्बेंस के वैसे गाइज क्या आपको इसके पहले तक मंदिर में घंटे लगे होने का ये इफेक्ट पता था और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख